वेलकम गाइस कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर मैक्स यहां पे ले तो दिया ले दिया ठीक है अब आगे हमको जाना और 2 सेकंड दो, सिकंद दो सिकंद। पीछे देख पीछे दिया हो रहा है अब मैच को नहीं कर लेते एक बार बस और एक दो मिनटर अंदर जाने दो मेरे को कि ये हम फ्री फायर वापिस अरे यार जोन आ गया जोन आ गया भाई जोन से बाहर निकल भाई जल्दी जल्दी से बाहर निकल और अंदर से सामने से बंदा भी आ गया अरे जोन से पहले बाहर निकल भाई यार भाई निकल निकाल दो दो बंदे तीन तीन बंदे भाई दूसरा भी गया वो तीसरा वो है। इसको भाग तो रहे हैं, मेरे को देख के बहुत भाग रहे ये <laughs> भी चलो तो थाँग देड़, तो बारह किल हो चुके हैं चलो तो ये तेरा हो गए इसका किल भी हमें एक बार हीलिंग करनी चाहिए क्योंकि हमारे हेल्थ भी कम है वो जोन से आए थे और, और चार चार लोगों को मारा है जैसे जो से बाहर निकले तो पहले इसको हीलिंग कर लेते ओके हो गई बात हमको वापस जाना चाहिए दो, दो सेकेंड में वो गया। दो रहा। को मारता मारता आ रहा है यार, अरे यार एक ही शॉट शर्ट बना गया डाला किसी मेरे एक शॉट दिया था अरे भाई अरे अरे भाई इधर देख इधर वहां कहा जा रहा है इधर देख इस तरह एक एक एक एक बस शॉट लास्ट अरे यार वो तो चुप गया उधर जाए का किसी से है, है, तो तो अभी को तो तो को डाउन डाउन कर हो अरे यार ये तो क्या तो तो हो गया? गई, ऊपर जा रहा था इस तो अभी तो था? ये चला गया लगभग बहुत दूर बहुत था दो ठीक ठाक <laughs> अरे मेरे चेर, चेर, चेर, चेर, कर रहा है। भी मैं नहीं करना चाहिए वो काम कर रहा। भी अपना काम है काम करना चाहिए अरे मेरा प्लीज वो वो वो बोरा बोरा बोरा तो ओ दे पत्थर पे ही इसको दिया भी फ्रेंड ने मार डाला इसको भी भी वो और वो चेहरा जन चुकेला गया तीन जन बंदे मतलब दो हम और एक कोई और तो तो तो। जी, है। यार, जीत चुके हैं सोलह किलो से और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगेगा थैंक यू